दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप YouTube से कोई भी वीडियो को अपने गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हो जी हाँ दोस्तों दोस्तों आज जो मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूँ ना ये ट्रिक आज तक आपको YouTube पे किसी भी नहीं बताया होगा जी हाँ तो जो ट्रिक मैं आप लोग बताने वाला हूँ ये ट्रिक आज तक यूट्यूब पे किसी भी ने, तो ने तो कि नहीं बताया होगा दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब आप कोई वीडियो को जो डाउनलोड करते हो तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हो तो दोस्तों डाउनलोड तो हो जाती है वीडियो लेकिन दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर डाउनलोड होकर सेव हो जाता है यहाँ पर गैलरी में सेव नहीं हो पाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि यहाँ पर भी ये डाउनलोड हो जाएगा प्लस में आपके फ़ोन के गैलरी में, में या मैक्स प्लेयर में दोनों जगह पर मतलब ये वीडियो देखेगी तो दोस्तों कैसे करना है सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को जो है लाइट तक देखते रहना तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर अपने गैलरी में जाकर मैं अपने गैलरी में आया इसके बाद मैं यहाँ पर एल्बम पे चले जाता हूँ यहाँ पर ऑल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी वीडियो शो नहीं कर रहा है ये मेरा ये पर्सनल वीडियो है मतलब मैंने रिकॉर्डिंग किया था वो ऑल वीडियो है यहाँ पर नीचे में कोई भी वीडियो शो नहीं कर रही है ठीक है तो चलिए यहाँ पर मैं यूट्यूब पर आ जाता हूँ दोस्तों मैं अपने YouTube पे आ गया इसके बाद दोस्तों देखिए अब आपको क्या करना है आपको YouTube के वीडियो को डाउनलोड करने के लिए अपने गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग करना है अपने YouTube के एप्लीकेशन में ही तो सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ लाइब्रेरी का एक नीचे में ऑप्शन देखा जाएगा तो आपको लाइब्रेरी पर चले जाना है इसके बाद दोस्तों आपको ये डाउनलोड दाँगोड, डाउनलोड वाले सेक्शन पर आपको चले जाना है डाउनलोड वाले सेक्शन पर को दोस्तों यहाँ पर राइट right साइड में यार कोने में थ्री डोर का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना इसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको सेटिंग पे चले जाना है दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा ठीक है यहाँ पर फर्स्ट में आ जाता है वीडियो क्वालिटी मतलब आप किस वीडियो किस क्वालिटी में अपने वीडियो को जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर ले कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर मीडियम कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड ओवर वाईफाई ऑन ली ऑफ ऑन रहेगा तो इसे ऑफ को ऑफ कर देना है मतलब इसको बंद कर देना है इसे क्या होगा दोस्तों आप अपने जो फ़ोन से फोन के नेट से मोबाइल के नेट से जो है कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं यूट्यूब से तो नहीं हो पाएगा जब तक आप किसी के वाईफाई कनेक्ट नहीं करते हैं अपने फोन से तब तक आप कोई भी वीडियो को जो आप अपने कोई भी वीडियो को यहां से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो चले मैं इसको जो ऑफ कर देता हूं क्योंकि मैं अपने मोबाइल के डाटा से वीडियो डाउनलोड करता हूं तो अगर आप लोग अपने मोबाइल के डाटा दे... से वीडियो डाउनलोड करते हैं तो इसको ऑफ कर देना है अगर आप लोग वाई से वीडियो डाउनलोड करते हैं तो इसको ऑन कर देना है ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन नंबर पर आ जाता है यूज एस कार्ड यहाँ पर यूज एस कार्ड सॉरी यहाँ पर ये ए कार्ड ये ऑफ रहेगा तो इसे आपको कर देना है ऑन यही सबसे मेन इंपोर्टेंट जो है कार्य है काम है ठीक है तो इसको आपको ये जो ऑन कर देना है जब तक आप लोग इसे ऑन नहीं करेंगे तब तक आप लोग यूट्यूब से कोई भी वीडियो अपने गैलरी में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो चले मैं इसको ऑन कर दिया इसके बाद दोस्तों इतना सब करने के बाद आपको बैक हो जाना है बैक होने के बाद दोस्तों आपको यूट्यूब से कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके आपको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है तो मान लीजिए मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ तो मान लीजिए दोस्तों मैं इस वीडियो को जो डाउनलोड कर कर आप लोगों को दिखाता हूँ तो मैं इस वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक कर, तो कर रहा हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक कर दिया इसके बाद दोस्तों ये वीडियो जो है डाउनलोड होना शुरू हो गया यहाँ पर मैं इसको देख लेते हैं डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा देख सकता दो तो है दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो गया इसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको अपने गैलरी में जाकर जो है दिखा देता कि डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है तो मैं इसको अभी फिलहाल बैक कर देता हूँ इसके बाद मैं अपने गैलरी में जाकर आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है मैं मेरा गैलरी गैलरी में आया इस, इसके बाद दोस्तों मैं अपने यहां एल्बम वाले सेक्शन पे चला जाता हूं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर ये वाला वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं देख सकते हैं एक मिनट डेढ़ मिनट का ये वीडियो लगभग है तो चलिए इसको मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो ये चला शुरू हो गया है सो दोस्तों आपको इसी तरह से यूट्यूब का कोई भी वीडियो अपने गैलरी में सेव करना है डाउनलोड करना है सो दोस्तों आज किसी वीडियो में बस इतना ही था आई होब आज के वीडियो आप लोग अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह का हमेशा आपको वीडियो मिलती रहेगी तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले इस तरह का इंटरेस्टिंग और नॉलेज के साथ तब तक दोस्तों बाई बाय जैन वंदे महद्रा